बेशर्मों की तरह अपना जो चेहरा है वो हाथों से छुपाया हुआ है और कल तक जांच अधिकारियों के आगे दोस्तों आखिरकार समर सिंह ने यूपी पुलिस के चंगुर में फंस ही गए लगातार कई दिनों से फिर चल रहे थे समर सिंह ने और पुलिस ने 24 घंटे की मोहलत दे रखी थी आप इंतजार करें मैं 24 घंटे के अंदर जल्द ऐसी जल्द समर सिंह को गिरफ्तार कर लूंगा और वही हुआ यूपी पुलिस ने पूरी तरह से छानबीन करने के बाद लास्ट में समर सिंह को गिरफ्तार कर ही लिया दोस्तों आपको बता दूं कि समर सिंह ने आकांक्षा दुबे को अपनी जाल में फिर यूज कर रहे थे और अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे थे आकांक्षा दुबे को जब पता चला ये चीज जब पैसे मांगते थे समर सिंह से तो इसे मारने और काटने की धमकी देते थे दोस्तों बात करो आकांक्षा दुबे पैसों के मामले में काफी अंदर से टूटी हुई थी मजबूरन उसे दूसरे स्टार के पास जाना पड़ा काम करने लेकिन समर सिंह कातिल दिल का इंसान जो आकांक्षा दुबे को होटल में बेमौत मार दिया ऐसे इंसान को दोस्तों क्या करना चाहिए कमेंट में अपनी राय जरूर